आप खानकों पर गरीब लोग आस्थानों पे गरीब लोग मसाजद में गरीब लोग मिलाद की महफल में गरीब लोग इकबाल ने बहुत पहले कहा था कि आके सफ़ आ, सफ आ रहा होते हैं तो गरीब और नाम लेता है घर कोई हमारा तो गरीब ये गरीब लोग हैं जो आके यहाँ अल्लाह अल्लाह करते हैं तो अपनी दौलतों में और बड़ी बड़ी दावतों में और बड़े बड़े मामला में मसरूफ रहते हैं हज़रत सिद्दीक अकबर अमीर आदमी थे और उनका बड़ा नाम था जाने जाते थे जब उन्होंने कलमा पढ़ा ना हाल चल मच गई क्या बकर कलमा पढ़ गए ये जो आयत मैंने तिलावत की है ना व तबी सभी इस आयत की तफसीर में सैयद महमूद आलूसी रमत साफ़ी रूहलमानी ने लिखा है कि ये जो फरमाते ना उसके पीछे चल जो मेरी राह लाया ये आयत कब नाजी लुबी फरमाते हजरत सिद्दीक अकबर ने कलमा पढ़ा तो जंगल की आग की तरह खबर फैल गई हर कोने में बातेंबू बकर भी कलमा पढ़ गए तो ना बड़ा सरदार अपने कबीले का मालदार बंदा अबू बकर हजरत अबू बकर इतने बड़ा नाम रखते थे अब उन्होंने जब कलमा पढ़ा ना तो उनके जो दोस्त ताजर थे ना बड़े बड़े लोग इन्होंने ऊंट रखे हुए उनके दरवाजे भी ऊँचे ही होते हैं तो ऊँचे दरवाजों से ऊंचे लोग ही आते हैं ऊँचे ऊँचे लोग उनके दोस्त थे कौन सबसे अमीर आदमी हजरत अब्दुलरहमान इब्ने और मक्के के बेहतरीन ताजर हजरतान गनी हजरत ज़ुबैर बिन अवाम हजरत सईद बिन जैद हजरत तल्हा बिन उबैदुल्ला। ये उनके दोस्तों की जमात थी ये सारे इकट्ठे होके ना तो तस्दीक करने गए जाके कहने लगे अबू आपने कलमा पढ़ लिया सुना है आफर लगे साधा तो नहीं ना सवाल का जवाब तो फटाफट कर दूरा बैठ तो से बैठो बैठ गए सिद्दीक अकबर ने बात शुरू की उन्होंने ना कलाम शुरू किया तो उसमें वाले हानापन इतना था प्यार इतना था उन्होंने गुजूर का तस्करा यू किया कभी अखलाक की बात कभी किरदार की बात कभी तालीम की सच्चाई की बात कभी जुबान की सदाकत की बात कभी लफ्जों की रानाई की बात कभी नबी पाग ने जो हकूक बताए उनका इस अंदाज में हजूर का जिक्र किया कि वो जो तस्दीक करने आए थे ना कि आपने कलमा पढ़ा कि नहीं पढ़ा वो सारे भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए वो भी सारे सौदा लेने के लिए बाजार गए हम और हाथ उसके बिके जिसके खरीदार गए हम वो भी सारे हजूर की बारगाह में आ गए हज़रतद्दीक के साथ और कलमा पढ़ गए